साई आनंद लाए जग में आनंद लाए साई आनंद लाए जग में साई आनंद लाए साई आनंद लाए जग में साई आनंद लाए ध्यान करो प्रेम करो यही संदेशा देने आए देने आए यही संदेशा ए जग में बाबा नंद लाए दुख के सपने देख करो ता मानव जीवन में में में खोता मानव जीवन में खोता मानव मानव जीवन जीवन खोता आनंद तेरा धर्म है पगले कब तक और रहेगा सोता ध्यान करो प्रेम करो यही संदेशा सा देने आए, दे दे आए। साई आनंद लाए जग में बाबा आनंद लाए श्रद्धा और सपूरी रखना साई राम का यही कहना साई राम का राम का यही यही कहना कहना राम काम के बिन क्या जीना सदा साई के चरणों में रहना साई के चरणों में चरणों में ध्यान करो प्रेम करो यही संदेशा